चल दे भरला उमा चल चलतो सपना के अब हम पूरा तो चल तोरे सपना के अब हम पूरा भोला के चल छई, भोला बाबा के धाम खेला हमारे हमर बाबा के दिला देर तोरा दर्शन दिला देबोगे हम घुमा दे